नमस्कार मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं दिनांक 27 दिसंबर के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों एक आवश्यक सूचना देनी है कि 28, 29 हमारा दिल्ली प्रोग्राम लगा हुआ है दिल्ली का दौरा लगा हुआ है तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्रों से हैं और यदि आपके भी जीवन में कोई बाधा कोई परेशानी आ रही है तो आप लोग पर्सनली हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं यदि फोन नहीं उठता है बाईचांस तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं और आपको जानकारी दी जाएगी आज का पंचांग क्या कहता है सत्ताईस दिसंबर का इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं तो विक्रम संबत दो हजार छिहत्तर सख्त उन्नीस मास चल रहा सूर्योदय होगा प्रातः छः बज कर सकते मिनट पर पर सूर्यास्त होगा शाम को 5 16 शुक्रवार दिन रहेगा और जो तिथि तिथि तिथि रहेगी रहेगी ये प्रतिपदा रहे सुबह 10 मिनट तक कि इसके उपरांत द्वितीया लग जाएगी देखिए पुराण में जो लिखा हुआ है कि प्रतिपदा को कुमांड का सेवन नहीं करना चाहिए तो वहीं पर हमारे जो है ब्रह्म वैवण में यह भी लिखा है कि द्वितीय बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए जो भी बैगन होता है इसको नहीं खाना चाहिए अन्यथा आपको में जो है शत्रुओं की वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ेगी अगर खाते हैं तो नक्षत्र की बात कर लेते हैं पूर्वाशाढ़ा उत्तरा नक्षत्र रहेगा करण बता दें व व और कौलो करण रहेगा वही योग ध्रुव और व्याख्यात योग रहेगा दर्शकों आज का जो दिशाशूल रहेगा चूँकि शुक्रवार दिन रहेगा तो पश्चिम दिशा की ओर दिशाशूल रहेगा कोशिश कीजिएगा प्रयास करिएगा कि यदि आप यात्रा करें तो बहुत संभाल कर करें और पश्चिम दिशा की ओर कता भी यात्रा ना करें करनी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा मिश्री का सेवन का जो है कर लीजिएगा मक्खन का सेवन करके तब आप लोग पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करिए और पहले पूर्व की ओर चार पग चलिएगा फिर पश्चिम की ओर चलिएगा आज के राहु काल की ओर दृष्टि डाल लेते हैं तो सुबह दस बजकर उनचास मिनट से बारह बजकर सात मिनट तक का राहुकाल रहेगा वही यदि शुभ कार्यों को आपको करना हो तो आज अमृतकाल में आप करिएगा बारह कर से चौदह के मध्य यदि आप किसी कार्य को करते हैं तो निश्चित ही इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी तो दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग एक बात बताना भूल गए हैं चंद्रदेव धनुराशिता सूर्यदेव राशि में चल रहे हैं तो दर्शकों क्या कुछ कहता है मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का हाल इस पर एक दृष्टि डालते हैं साथ ही साथ दर्शकों वार्षिक राशिफल दो हमारे चैनल पर पड़ चुका है मेज से लेकर के मीन राशि के जातकों का प्रेम राशिफल प्लस कैरियर राशिफल ये भी हमारे चैनल पर पड़ चुका है तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार भी राशिफल पड़ चुका है तो मेष राशि के जातकों आज आप लोगों को अपने खर्चे पर नियंत्रण करना पड़ेगा दूसरों से अपेक्षा न करें तो बेहतर रहेगा आशा व निराशा के बीच तनाव व चिंता रहेगी जोखिम और जमानत के कार्य आज आपके टालते हैं तो बेहतर रहेगा जल्दबाजी तथा भावनाओं में बह कर के आज आपको ना कोई निर्णय लेना है ना कोई कार्य लेना है आय अच्छी रहेगी कारोबार में लाभ बना रहेगा कीमती वस्तुएं अपनी संभाल करके रखें उपाय क्या करना रहेगा तो आज प्रयास करना है कि सीवलिंग पर आपको थोड़ा सा दही में मिश्री मिक्स करके जो है उसको अच्छे से फेंट लीजिएगा और उसके बाद आप लोग चढ़ाइएगा लक्ष्मी की प्राप्ति होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक रहेगा एक वहीं वृषभ राशि के जातकों आज रुका हुआ पैसा तथा धन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज यदि आपने पूर्व में किसी को धन दिया तो वसूली करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मनोरंजक यात्राओं का कार्यक्रम बन सकता है व्यापार व्यवसाय में लाभ और वृद्धि के योग बन रहे हैं घर बाहर सभी तरफ से आज आपको सहयोग प्राप्त होगा आज बनी रहेगी लेकिन आपके ऊपर आलस तो राशि तंत्र मंत्र में आज आपकी रुचि जागृत होगी कि किसी तीर्थ यात्राओं का आयोजन कर सकते हैं आर्थिक उन्नति है, हेतु विचार विमर्श लेकर के आगे बढ़े तो लाभ की स्थिति रहेगी सामाजिक सेवा वन पुण्य के कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी मित्रों तथा तो परिवार के सदस्यों का आज आपको सहयोग प्राप्त होगा आज आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा घर बाहर प्रसन्नता बढ़ी रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि श्री सुप्त का पाठ करना रहेगा साथ ही साथ आज परफ्यूम का इस्तेमाल आप लोग अधिक करें शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा दो कर्क राशि के जातकों किसी धर्म स्थल की यात्राएं दर्शन आदि के सुयोग बन रहे हैं किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग व मार्गदर्शन प्राप्त होगा किसी सरकारी या राजकीय व्यक्ति से आज आपका परिचय मेल मिलाप बढ़ सकता है व्यस्तता कुल मिलाकर के आज अधिक रहेगी तथा थकान व कमजोरी भी आज, आज आपको रह सकती है लेकिन आज के दिन धन प्राप्ति के मार्ग सुगम होंगे घर बाहर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिए दुर्गा सप्तशती के जो है छठे अध्याय का आज आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा छंह राशि सेहत के मामले में आज लापरवाही बरतनी भारी पड़ सकती है काम करते समय किसी भी तरीके की जल्दबाजी व लापरवाही ना करें तो बेहतर रहेगा वाहन चलाते हैं तो सावधानीपूर्वक चलाइएगा यात्राओं में अपने सामान की लगेज की रक्षा करिएगा कुसंगति से बचिएगा हंसी मजाक में जो है ना ना हो तथा दूसरों के के कार्य में हस्तक्षेप करें तो बेहतर रहेगा आज आपका व्यापार ठीक चलेगा उपाय तौर पर करना क्या रहेगा तो आज मिश्री का सेवन करके आप लोग घर से बाहर निकलिएगा सब बेहतर रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा येगा रहे पांचवा कन्या राशि के जात को घर बाहर सब तरफ आज आ, हर कार्य में आपको सहयोग प्राप्त होगा किसी बड़ी समस्या का समाधान होगा विवाह के इच्छुक व्यक्तियों को वैवाहिक प्रस्ताव आज प्राप्त हो सकता है आज आपको अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा धन प्राप्ति सुगम होगी उत्साह व प्रसन्नता आज आपके अंदर बनी रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको कोशिश करना रहेगा कि लक्ष्मी चालीसा का आपको पाठ करना रहेगा साथ ही साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य देना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा और शुभ अंक रहेगा आज तुला राशि लिब्रा तो किसी संपत्ति का सौदा आज हो सकता है बड़ा सौदा हो सकता है किसी कार्य की बाधा दूर होकर लाभ के अवसर प्राप्त होंगे घर बाहर वातावरण अनुकूल बनेगा मित्रों व संबंधियों के साथ आज आपका समय सुखमय व्यतीत होगा उत्साह व प्रसन्नता में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं आज आपके हाथों में लाभ के तमाम अवसर आएगा और इनको आप लोग फलीभूत कर लेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तुला राशि के जातकों को तो तुला राशि के जातकों आज कोशिश कीजिएगा कि बरगद के वृक्ष पर गाय के कच्चे दूध से आप लोग अभिषेक करिए अर्पण करिए और शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो किसी मांगलिक कार्यक्रम का आज आयोजन हो सकता है स्वादिष्ट भोजन का आनंद आज आपको प्राप्त होगा किसी पार्टी व पिकनिक का आयोजन कर सकते हैं रचनात्मक तथा बौद्धिक कार्य आज आपके सफल रहेंगे वरिष्ठ जो है व्यक्तियों की शुभ सलाह आज आपको प्राप्त होगी रुके कार्यों में गति आएगी धनार्जन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग प्रयास करिए कि दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ धनुराशि कोई बैड न्यूज आज आपको प्राप्त हो सकती है मेहनत अधिक और लाभ कम होगा कार्यों की सफलता में शंका रहेगी विवाद को बढ़ावा ना दें तो बेहतर रहेगा स्वास्थ्य का अपने आज आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा धन हानि की आशंका है चिंता तथा तनाव रहेंगे व्यापार व्यवसाय आज आपका सामान्य रहेगा प्रियजनों के साथ रिश्तों में कुछ खटास आ सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज देखिए दुर्गा चालीसा का आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो कैप्टिकॉन मकर राशि थोड़े प्रयासों से आज आपके कार्य पूर्ण होंगे मित्रों व रिश्तेदारों का सहयोग प्राप्त होगा किसी बड़े कार्य को करने की योजना बनेगी जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे परमार्थ करने का अवसर प्राप्त होगा घर बाहर आपकी मान सम्मान पद बढ़ेगी धन प्राप्ति के मार्ग सुगम होंगे घर परिवार जो है परिवार में आपके प्रसन्नता बनी रहेगी तो उपाय के तौर पर कुंभ राशि के मित्रों संबंधियों से मुलाकात होगी गुड न्यूज मिलेगी आय बनी रहेगी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी किसी मनोरंजक यात्राओं का आज आयोजन हो सकता है दूसरों के झगड़े में न पड़े तो बेहतर रहेगा अपने विवेक का अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करिएगा तो आप लोग समस्याओं से बाहर सकते हैं उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज देखिए आपको प्रयास करना रहेगा कि कनक कनाधरा स्रोत का पाठ करिए धन लाभ होगा इससे दूसरा दर्शकों पर निकलने से पहले मीठा कुछ खा करके निकलिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा आज ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा चार अंतिम राशि पर चलें लेकिन दर्शकों आप लोगों से अपील है इस वीडियो को लाइक कीजिए नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए इस कमेंट में रा जय श्री राम आप लोग टाइप करिए क्योंकि राम नाम रूपी जो रूपी महासागर इस कमेंट बॉक्स में बहना चाहिए तो अंतिम राशि पर चलते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आपने इस वीडियो को लाइक जरूर किया होगा और शेयर जरूर किया होगा मीन राशि के जात को प्रत्याशित लाभ के अवसर प्राप्त होंगे आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल होंगे भाग्य की अनुकूलता रहेगी किसी बड़े काम के लंबित प्रयास अब जाकर के सफल होंगे अपेक्षित कार्य पूर्ण होने से उत्साह व प्रसन्नता में वृद्धि होगी अलस मत करिएगा आज प्रातः काल से ही लंबी दूरी की यात्राओं का योग है पुराने किसी रिश्तेदार से आज आपकी मुलाकात संभव रहेगी उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा गाय को आज आपको बताशे हो गया या मीठी चीज़ हो गई कोई मीठी चीज़ आपको खिलानी रहेगी साथ ही साथ यदि कोई कन्या मिल जाती है तो उसको आप लोग टॉफी चॉकलेट इत्यादि दे सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट और तो शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक तो तो ये तो था हमारा मेज से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए आर्थिक राशिफल दो हजार बीस सारी चीजें चैनल पर पड़ी हुई भागीरथी श्रृंखला पड़ी हुई तमाम प्रिडिक्शन भविष्यवाड़िया जो है पड़ी हुई है ग्रह के गोचर व राशि परिवर्तन पड़े हुए हैं और हाँ आप अपनी कुंडली का विश्लेषण दिल्ली में हमसे मिलकर के करवाना चाहते हैं तो अट्ठाईस और उनतीस तारीख को आप लोग सादर आमंत्रित हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने एक नए जो है एपिसोड में तब तक के लिए जय श्री राम